मोबाइल भेजा है उसने चालू कर दोस्तों तो देखो लोग आईफोन के नाम पे जुतिया बना रहे मैसेज आया है पूरा दिखाओ पचीस हजार कौन सा फोन है IPhone है। iPhone कौन सा कर गए। में रहता हाँ, का करके लोगों को बना रहा है। चलो, उसको कॉल देखते लोगों को फोन के नाम पे लोगों को चुतिया बनाते कॉल कर रहे हमारा लगा लगा फोन तो स्पीकर अच्छा है है अच्छा थोड़ा बहुत बहुत आवाज़ आ अभी हाँ कट गया था वो नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए शायद हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप फिर कैसे करेंगे यूँ बोल रहे थे मैं हाँ तो कोई बात नहीं करा दीजिए फिर ऐसा दाव। दाव। उसके चौबीस तो में ऐसा है 1500 1500 लगेगा ये 24 सोचा पंद्रह सौ तो कोई बात नहीं लगा तो फिर कैसा करेंगे वो कुरियर करूं आपको भेजू हाँ तो आपके इस नंबर पे कर दो ऐसा ना। आर कोड भेज दो कोड भेज दोगे ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल मेरे विश्वास पे भेज रहे हो तो कुरचार्ज भी भेज देना फिर मैं आने के बाद में दे दूंगा आपको तो मैं वही तो कह रहा हूँ आप 25000 का मेरे पे विश्वास कर रहे मोबाइल भेज रहे हो तो वो पंद्रह सौ रूपये का कुरिय कर अरे कुरियर पंद्रह सौ की जगह तीन हजार लगा देंगे मोबाइल आने के बाद लगाएंगे ऐसा मेरा कहने का मतलब ऐसा तो, अच्छा तो आप कहाँ से बात कर रहे अच्छा अच्छा ऐसा अब मैं कैसे मान लू भाई वो सारे प्रोडक्ट है ना आजकल इसके लिए बाकी तो क्या है यार कोई बात नहीं तो, है। तो आपका नाम आ, वो मतलब क्यू कोड में कैसे भेजूंगा क्यू आर कोड कैसे मतलब पेमेंट कर सकता हूँ तो मैं मेरा कहने का के मतलब यही आप कर दो कोई को दिक्कत नहीं मेरे को विश्वास है आपके ऊपर पर मोबाइल के लिए आप विश्वास कर रहे हो तो पंद्रह सौ रूपए वो भी कर दो आप यहाँ पे या... तो आप यहाँ पे आ जाओ पंद्रह सौ एक्स्ट्रा आपको दे दूंगा ऐसा बोल रहा हूँ उधर बना बना तू में ऐसा सबको इसलिए बोल रहा रहे हो सबको पैसे ऐसे जो हो जाते पंद्रह सौ मांडड़ चोत चोतरी